फ्रेंड्स आप लोग गोल्डन होटल के बारे में सुना है अगर नहीं सुना तो चलिए गोल्डन होटल के बारे में जानेंगे इस पूरी दुनिया में एक ही मात्र होटल है, जो पूरा सोने से बनाया है पर वो भी 24 से। इस होटल का नाम है डोल से न जो की वियतनाम से जान सकते हैं इस होटल में रूम से लेकर बाथरूम तक सीढ़ियों से लेकर लिफ्ट तक सबके सब सोने से बने हैं इस होटल की खास बात तो ये है की इस होटल में एक रात रुकने के लिए इसका किरा मेह पंद्रह कर बीस हजार होता है इस होटल को बनाने में थाउजेंड फोर हंड्रेड करोड़ रुपए लगे थे ये गोल्डन होटल अगारह साल में ही होटल बना था और इसमें कुल फोर हंड्रेड कमरे हैं अगर दोस्त आप लोग एक दिन लग्जरी रात गुजरना है ये होटल में जा सकते हो दोस्तों क्या आप लोग ये गोल्डन होटल के बारे में जानते थे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में